भोजन के बारे में टू अमेजिंग फैक्ट फैक्ट नंबर वन दलिया एक बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है फैक्ट नंबर टू एक ही डिश में भारतीय खाने के अलग अलग स्वाद होते हैं बोनस फैक्ट भारत को मसालों का देश कहा जाता है अन्य देशों की तुलना में भारत में विभिन्न प्रकार के मसाले अधिक प्रचालित हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो